पंचमाली नकली का रोएगी तेरी आत्मा ले लिया yeah. रापर्स जेपी फ्री में काम करना छोड़ा मैंने रिस्पांस नहीं मिला जैसा काम दिया फ्री में सच्ची मेरी बातें कहता हूँ सीधा मुंह पे खाए मैंने तो के पहचान लिए चेरे Independent, brown, defended, तो तो सारी राज अपने थे थे कमीने साथ साथ को तो कर कर भी साथ ना छोड़ छोड़ दिया दिया दिया बात चीज़ करना बंद कर तू बड़ी हस्ती तेरे घर पे मैंने के UK, पूरे करे सपने वो ही निकले जिसके पूरे हुए सपने, you, तेरा कर दिया मैने मेरी एक सला ज्यादा लाभी हो लम्बा कराई नहीं तो भूल पड़े के के काम की ये मुक्त में जब आई उनकी बारी देने लगे एक्सक्यूज पता था ऐसा ही होगा अभी तक मैंने किसी के सामने हाथ लंबे किए नहीं जैसे करते हो तुम बाकी आई तो कई फर्क नहीं पड़ता कोई साथ या ना आये जेटो पन आग आ गया ना दम पर लेबल पनान voice production prime kaam karna choda maine response nahi mila jaisa kaam diya prime sunchi meri bate kehta hoon seedhe muh pe